ए 47 दुनिया की इकलौती ऐसी राइफल है जो किसी भी वातावरण में काम कर सकती है मतलब यह है कि पानी रेत या मिट्टी कहीं भी काम कर सकती है